आपका स्वागत है हम अब उस स्तर पर हैं कि हम थर्मोडायनेमिक्स के पहले सिद्धांत का उपयोग कर कुछ सवाल हल कर सकें अवश्य ही हमने केवल कुछ वर्किंग फ्लूड्स के बारे में पढ़ा विशेष कर हमने आइडियल गैस के बारे में पढ़ा जल्द आपको थर्मोडायनेमिक्स के पहले सिद्धांत से जुड़े कई अभ्यासक्रम दिए जाएंगे और शीघ्र दिए हुए अभ्यासक्रमों में वर्किंग फ्लूड स्थिर रूप से आइडियल गैस होगी पर आइए कुछ ऐसा देखें जिस पर हमें प्रॉब्लम हल करते समय और थर्मोडाइनेमिक्स के पहले सिद्धांत का उपयोग करते समय गौर करना है और ध्यान रखना है जब आप ये करें तो याद रहे कि वह किस प्रकार का सिस्टम है फिलहाल हम केवल क्लोज्ड सिस्टम पढ़ेंगे हालांकि वे ओपन भी हो सकते हैं फिर हम वर्किंग फ्लूड के बारे में पढ़ेंगे अर्थात सिस्टम के कंटेंट के बारे में और विशेषकर हमें उसकी स्टेट इक्वेशन देखनी है और उसकी एनर्जी रिलेशन देखनी है उदाहरणार्थ आइडियल गैस के लिए स्थिरता से स्टेट इक्वेशन यह होगी पीवी इक्वल टू आर टी और बेसिक एनर्जी संबंध होगा डी यू इक्वल टू सीवीडीटी बॉयल सिद्धांत पर आधारित है गैस सिद्धांत और जूल सिद्धांत पर आधारित है सीवी की परिभाषा तो हमें देखना है प्रोसेस को अब एक अभ्यास क्रम में ये संभव है कि एक प्रकार का प्रोसेस शामिल हो या फिर जटिल स्थिति में हो सकता है कई प्रकार के प्रोसेस शामिल हों अब हमें पता है प्रक्रिया की क्लासिफिकेशन क्वासिस्टेटिक या नॉन क्वासिस्टेटिक यह एक विशेष विवरण है और हमें पता है कि क्वासिस्टेटिक प्रक्रिया इंटीग्रेशन से विश्लेषण का अधीन होगा क्योंकि हमें इनिशियल अवस्था से फाइनल अवस्था के बीच मध्य तक सब पता है जबकि हमें नॉन क्वेसिस्टेटिक प्रोसेस की मध्यांतर अवस्थाओं के बारे में कुछ पता नहीं हमें इनिशियल अवस्था और फाइनल अवस्था के अलावा किसी चीज़ की जानकारी नहीं इनके अलावा हमारे पास और विशेष विवरण होंगे आइए अब हम ये विशेष विवरण देखें क्वासिस्टेटिक और नॉन क्वासिस्टेटिक विशेषता के अलावा विशेषकर जब प्रक्रिया क्वासिस्टेटिक है हम इस प्रकार का विशेष विवरण कर सकते हैं कि जो कि स्टेट स्पेस में कार्यप्रणाली की जानकारी दे आइए कुछ उदाहरण देखें आइए समझें जिसे हम साधारणतः इसोबेरिक प्रक्रिया कहते हैं साधारणतः इसे कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रक्रिया कहते हैं इसलिए इसका टेक्निकल नाम आइसोबेरिक है ऐसे प्रक्रिया के लिए प्रेशर सब जगह एक समान और कॉन्स्टेंट और इसका अर्थ है कि पूरे प्रक्रिया के दौरान अगर हम विस्तार पूर्वक वर्णन करना चाहें तो पूरे प्रक्रिया के दौरान डिफरेंशियल प्रेशर शून्य होगा इसलिए अगर हम स्टेट स्पेस का और आइसोबेरिक का पीवी चित्रण देखना चाहें तो वो कुछ ऐसा होगा इनिशियल अवस्था वन और फाइनल अवस्था टू समान प्रेशर पर होंगे और आइसोबेरिक प्रक्रिया वो प्रक्रिया हो जाएगा जिसमें प्रेशर नहीं बदलता है तो यह आइसोबेरिक प्रक्रिया का इनिशियल अवस्था वन से फाइनल अवस्था टू तक का उदाहरण है और याद रखें पूरे प्रक्रिया के दौरान प्रेशर की वैल्यू इनिशियल वैल्यू से बदलती नहीं है और हम आइसोबेरिक अवस्थाओं को आइसोबेरिक प्रक्रिया न समझें उदाहरण के लिए इस चित्रण में इनिशियल अवस्था और फाइनल अवस्था वे दो अवस्थाएँ हैं जो आइसोबेरिक है अर्थात P1 वन इक्वल टू जैसे इस चित्र में दर्शाया गया है प्रक्रिया वन से टू आइसोबेरिक है ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रेशर अपनी इनिशियल वैल्यू पर स्थायी रहता है पर यह अब मैं दो अवस्थाएँ प्रदर्शित करूँगा अवस्था वन और अवस्था टू ये दोनों आइसोबेरिक अवस्थाएं हैं क्योंकि दोनों का प्रेशर एक समान है हालांकि मेरे पास ऐसा एक प्रक्रिया हो सकता है जो कि उदाहरणतः ऐसा है इनिशियल अवस्था वन से फाइनल अवस्था टू तक क्वासिस्टेटिक है हालांकि यह आइसोबेरिक प्रक्रिया नहीं है ध्यान रहे यह आइसोबेरिक नहीं है यह विभिन्नता स्पष्ट होनी चाहिए कि अवस्थाओं का यह युग्म आइसोबेरिक है जैसे कि वन टू में यहां या फिर पिछले चित्र के वन टू में और एक प्रक्रिया आइसोबेरिक है और यह ओर के चित्र में प्रक्रिया वन से टू आइसोबेरिक प्रक्रिया है यहाँ पूरे प्रक्रिया के दौरान डीपी शून्य है यहाँ पूरे प्रक्रिया के दौरान डीपी किसी भी चरण में शून्य होने की जरूरत नहीं है समानता से हम आइसोकोरिक प्रक्रिया का उदाहरण देखेंगे सामान्य अंग्रेजी में आइसोकोरिक का मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम और इसका मतलब होता है कि V पूरे प्रक्रिया में समान है और dV पूरे प्रक्रिया में शून्य रहेगा ऐसी प्रक्रिया का चित्रण एक P-V चित्र पर रहेगा यह आइसोकोरिक प्रक्रिया का उदाहरण है जैसा कि पहले समझाया गया है यह अवस्था वन और अवस्था टू है जो कि इन अवस्था वन और टू की तरह है जो कि आइसोकोरिक अवस्थाओं में युग्म है जबकि आप यह प्रक्रिया मान सकते हैं या फिर ये प्रक्रिया भी यह दोनों ही प्रक्रिया 1A2 और 1B2 आइसोकोरिक नहीं है हमारा विवाद जारी रखते हुए तीसरे प्रकार की प्रक्रिया जो हमें बहुत बार मिल सकता है वो है आइसोथर्मल प्रक्रिया जिसका अर्थ है कांस्टेंट टेम्परेचर और जिसका अर्थ है कि न केवल पूरे प्रक्रिया के दौरान टेंपरेचर स्थाई है बल्कि प्रक्रिया के दौरान डी शून्य है पहले की प्रोसेस से भिन्न उदाहरणतः सिस्टम के प्रकार की चिंता न करते हुए हम आइसोबेरिक प्रक्रिया ले सकते हैं एक प्रक्रिया जो ऐसा है जिसमें प्रेशर एक समान है स्थिर है पीवी चित्र पर हॉरिजॉन्टल रेखा से दर्शाया है इसी तरह एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रक्रिया पीवी चित्र पर वर्टिकल रेखा से दर्शाया जाएगा हमें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि फ्लूड किस तरह का है वह आइडियल गैस है कि वह सॉलिड या लिक्विड है या वह अन्यथा कोई जटिल गैस है हालांकि जब बात आइसोथर्मल प्रक्रिया की होती है तो यह फ्लूड के प्रकार पर निर्भर करता है और हर फ्लूड का चित्रण अलग होगा और मैं आइडियल गैस का उदाहरण लेता हूँ तो यहाँ हमारे उदाहरण सिस्टम में आइडियल गैस है एक आइडियल गैस के लिए आइसोथर्म का वर्णन आयता कार हायपर बोला से होता है तो अगर हम अपना आइसोथर्मल प्रक्रिया अवस्थावन से शुरू करें हम संभवतः अवस्था 2 तक पहुंच जाएंगे जो कि एक आइसोथर्मल प्रक्रिया है परंतु याद रहे इस चित्र में चित्रण किया गया आइसोथर्मल प्रक्रिया विशेष करके आइडियल गैस के लिए है यदि गैस आइडियल गैस की तरह नहीं पेश आएगी प्रक्रिया चित्रण बदल जाएगा यहां फिर से इनिशियल अवस्था और फाइनल अवस्था एक आइसोथर्मल स्टेट का युग्म है अब मैं आपको यह क्रम देता हूं आप रेखांकित कीजिए जब इनिशियल अवस्था और फाइनल अवस्था आइसोथर्मल अवस्था का युग्म है पर प्रक्रिया आइसोथर्मल प्रक्रिया नहीं है साधारणतः आइसो शब्द उस प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जा सकता है जिसमें कोई गुण स्थिर रहे उदाहरणतः हमारे पास एक आइसोफाई प्रक्रिया हो सकता है जिसमें फाई के गुण पूरी प्रक्रिया के दौरान स्थिर हैं और इसी वजह से डी फाई, फाई का डिफरेंशियल पूरी प्रक्रिया दौरान शून्य है अगर फाई वॉल्यूम है तो प्रक्रिया आइसोकोरिक है अगर फाई प्रेशर है तो प्रक्रिया आइसोबेरिक है अगर फाई है, तो प्रक्रिया आइसोथर्मल है। अगर फाई को एंथोल्पी समझे तो प्रक्रिया आइसोन्थोल्पिक प्रक्रिया होगा और यह अन्यथा चीजों पर लागू है आप अपना पसंद का गुण या उपयोग गुण चुन सकते हैं और फिर वह आइसो हो सकता है जो गुण प्रक्रिया होगा एक और प्रकार का महत्वपूर्ण विशेष वर्णन है और वह है एडियाबैटिक प्रक्रिया याद रहे परिभाषा अनुसार एडियाबैटिक प्रक्रिया वह है जिसमें केवल कार्य के प्रकार का इंटरैक्शन हो हालांकि हीट इंटरेक्शन की परिभाषा के अनुसार इसका मतलब है कि एक एडियाबैटिक प्रक्रिया में कोई हीट इंटरेक्शन नहीं होता जिसका मतलब है प्रक्रिया के दौरान किसी समय भी DQ शून्य होता है जिसका मतलब है कि एडेबैटिक प्रक्रिया के लिए यह बेसिक परिभाषा है और इसका पहला परिणाम यह है कि सिस्टम में या सिस्टम से हीट ट्रांसफर शून्य है ध्यान रहे एडेबैटिक प्रक्रिया का मतलब इसके और इसके अलावा कुछ नहीं है एडिबैटिक प्रक्रिया का मतलब केवल यह है कि पहले सिद्धांत में जिसका क्लोज सिस्टम के लिए सामान्य संबंध ऐसा है क्यूक्वल्स डेल्टाई प्लस W, एडेबैटिक प्रक्रिया के लिए हम इससे शून्य कर देंगे और इसी कारण एडेबैटिक प्रक्रिया के लिए डेल्टाई प्लस e W शून्य हो जाएगा इसका मतलब न ज्यादा न कम है और इसी वजह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक एडिबैटिक प्रक्रिया का स्टेट स्पेस में कोई यूनिक वर्णन नहीं होता क्योंकि यह गुण के बारे में कुछ नहीं कहता यह इंट्रैक्शन का विस्तृत विवरण करता है विशेष रूप से यह विवरण करता है कि कुछ भी हीट इंट्रैक्शन नहीं है और सिद्धांत में यह एक आइसोबेरिक प्रक्रिया के साथ जोड़ा जा सकता है तो आपके पास एक आइसोबेरिक और एडिबेटिक प्रक्रिया हो सकता है एक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रक्रिया हो सकता है ताकि एक एडिबैटिक आइसोकोरिक प्रक्रिया हो उसी प्रकार से एक एडेबैटिक आइसोथर्मल प्रक्रिया होना असंभव नहीं है हम जल्द ही एक विशेष एडेबेटिक प्रक्रिया का उदाहरण देखेंगे धन्यवाद